अलकुम स्टूडेंस आपको मेरी आवाज़ आ रही है अब आ रही होगी बेटे अब ठीक है अब ठीक है ऑल राइट राइट बाकी बच्चे कहां हैं ठीक है ऑल राइट राइट बेटे बाकी बच्चों को मैसेज नहीं मिला टाइम पे आप लोग सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि ये मसला ना हुआ करे मैं थोड़ी देर पहले ही लाइव हो जाया करूँगा तो आपको मैसेज मैं खाले दो या तीन दफ़ा आएगा यू कैन मिस दैट ठीक है तो, तो फिर आप आराम से लॉग इन कर सकते हो ठीक है सो so, वो सिर्फ ट्वेंटी बच्चे हैं भाई सी यार प्लीज़ आज द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन क्विकली अच्छा कल से मैं फिर अटेंडेंस लूँगा ठीक है और पहले लूँगा और फिर एंड में भी लूँगा और वैसे यहाँ पे लेट मी टेल यू यहाँ पे ऊपर काउंटर आ रहा है जहाँ मुझे पता चल रहा है कि कितने बच्चे इस वक्त ऑनलाइन हैं ठीक है थीके? तो अटेंडेंस यहाँ से भी हो सकती है तो आप लोग ज़रा उसका क्या होगा जिसका लीडर ही एबसेंट हो वेयर इज़ द सिया उसको पकड़ के लाओ ऑनलाइन फ़ौर मैसेज करो उसको और आप में से बेटे जो लोग अवेलेबल हैं ठीक है बेटे ओकेश्रा वालाक हाँ क्वेश्चन मैं बताता हूँ पहले बेटे आ तो जाए बच्चे आप पहले बच्चों को लाए फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपने ठीक है मैंने सारा एक तरतीब मैंने बनाई हुई है ओके सर थर्टी बच्चे आए हैं आपकी क्लास कितने बच्चों की है बेटा बेटा इस तरह से चलेगा मुझे आप अभी ना अटेंडेंस दे दें ठीक है आपकी सीआर आएगी तो वो फिर आप लोग की अटेंडेंस लेगी ठीक है ये चलो ये भी ठीक है भेज दो भेज दो भेज दो मैं बाद में फिर देख लूँगा उसको ठीक है अभी आप लोग 35 हो ओके बेटा Okay. Right. Okay. Wa alaikum assalam beta. राइट स्ट्रेंथ है 75 फाइव अब आपको देखो 75 में से थर्टी 34 सिस्टम पे शोर है कोऑर्डिनेटर को मैसेज कर रहा हूं कि बाकी बच्चे बच्चों को कहीं बनना फिर हम स्टार्ट करेंगे ओके फोर्टी हियर से बेटा आप लोगों ना टाइम पे आना है, ठीक है टाइम इज ट्वेल्व थर्टी दिस इज जस्ट लाइक अ रेगुलर क्लास ये सिर्फ ऑनलाइन है फर्क सिर्फ बेटा साढ़े बारह से पहले क्या हुआ था आज दौड़ गए सारे माइक्रो का लेक्चर हुआ था ठीक है तो वो पूरे टाइम पे फिनिश होता है अच्छा चलो वो किस पे होता है Zoom पे होता है या वो भी YouTube वगैरह पे होता है? दस मिनट पहले एंड हुआ Zoom पे ठीक है तो बेटा जी आपने ना फिर मैं लिंक पाँच दस मिनट पहले भेज दिया करूँगा ये जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया हुआ है उनको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा इन केस आप नहीं आपने करना देट्स फाइन एज वेल लेकिन मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दिया करूँगा ठीक है ना तो वो आपने पाँच दस मिनट पहले देखना शुरू कर देना है कि इसका लाइव लिंक आ जाता है तो ताकि हम अपने टाइम पर शुरू करें ठीक है न आज काफ़ी क्रूशल लेक्चर है और ऑलरेडी हम Uh, दस मिनट जो है वो दस बारह मिनट कर चुके चल ठीक है चलो बच्चे कम हो रहे हैं मेहल डिस्कनेक्ट हो रहा हैं हम अब जल्दी स्टार्ट कर देंगे ठीक है मैं आप आपको फॉर्मेट बता देता हूँ फिर हम स्टार्ट कर फॉर्मेट बेटे कुछ इस तरह से है कि मैं आप मैं आपके सामने एक डिस्कशन करूँगा एक सेक्शन ऑफ द लेक्चर की ठीक है और उसके बाद आ, मैं रोल नंबर वाइस पूछ लूँगा इस तरह मैं पूछूँगा कि जी रोल नंबर वन से ट्वेंटी तक जो बच्चे हैं उनके उनका कोई सवाल है तो अगर उनका कोई सवाल होगा तो उसके सवाल को हम मैनेज करेंगे और फिर ट्वेंटी वन से लेकर फोर्टी तक ठीक है उनसे सवाल पूछूंगा कि कोई सवाल है तो मैं इस तरह ट्वेंटी ट्वेंटी करके ना आप आपको टाइम दूंगा क्योंकि अगर आप इस तरह से जैसे अभी आप मैसेजिंग कर रहे हो दिस इज़ फाइन लेकिन अगर आप इस से सवाल करना शुरू कर दोगे तो वो साथ, साथ मैंने पढ़ाना भी है और साथ साथ स्क्रीन को भी देखना है तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ठीक है बेटे तो मैं जो आपसे कहूँगा मैं आपको टाइम दूँगा पहले एक सेक्शन पढ़ाऊंगा फिर आपको टाइम दूंगा और उस टाइम के दौरान फिर आप रोल नंबर वाइज में आपसे अलाउ uh, करूंगा आपको हर ट्वेंटी बच्चों से मैं पूछूंगा और वो जो सवाल करेंगे उनका जवाब दूंगा फिर नेक्स्ट ट्वेंटी नेक्स्ट ट्वेंटी और फिर इस तरह से हम बात करेंगे फिर मैं सेकेंड सेक्शन डिस्कस करूँगा फिर में ठीक है अब मेरा ख्याल अब काफ़ी काफ़ी देर हो गई पंद्रह मिनट हो गए हैं फोर्टी बच्चे हैं वी विल स्टार्ट बिस्मानर कार्डिक साइकिल का बेटे लेक्चर था आप सबने वो लेक्चर देख लिया है ये मुझे आप एक साथ बता सकते हैं देख लिया है ओके okay. ओके okay. ठीक सही है तो ये तकरीबन दस पंद्रह बच्चे हैं बाकी बाकी ने भी देख लिया ठीक है ठीक है, है जनाब अच्छा बेटे अच्छा सही है तो मैं अब मैंने अब ओवर बयान करना है आपको उसके पहले हिस्से का फिर मैं आपसे पूछूंगा आपको सवाल अगर कुछ करने हैं तो कर लेते हैं ठीक है अब पहले सेक्शन में मैंने कार्डिक साइकिल को डिफाइन किया था कार्डिक साइकिल एक आ, एक हार्ट बीट से लेकर दूसरी हार्ट बीट तक जो हार्ट में इवेंट्स होते हैं उनको हम कार्डिक साइकिल कहते हैं ये कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन है ऑल द इवेंट्स दैट गो इन गो इनसाइड द हार्ट दैट अकर इनसाइड द हार्ट बिटवीन टू Consecutive heartbeats is कंजेटिव हार्ट बीट्स इस कॉल्ड कार्डिक फिर एक बात हुई थी इसके broad ब्रॉड इसके दो हिस्से हैं आपको पता है ना मैंने लेक्चर में पूरा एक पहले मैंने थोड़ी सी तमीद बांधी थी फिर मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया था फिर मैं स्पेसिफिक में मेन चीजों में डिटेल में घुस गया था ठीक है ना वो सारी डिटेल मैं इस लेक्चर में चालीस पचास मिनट में बयान नहीं कर सकता ठीक है लेकिन मैं आपको इतना कवर करा दूंगा कि आपको इनशाला मामला तय हो जाएगा आपके लिए हालांकि आपको यह समझ आ जाएगी तो कार्डिक साइकिल के दो ब्रॉड हिस्से हैं सिस्टली इसको सिस्टोल सिस्टली पढ़ा करो ई प्रोनाउंस किया करो ठीक है सिस्टली एंड डायस्टली ये दो ब्रॉड हिस्से हैं डायस्टली के दौरान हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है और उसमें फिलिंग हो रही होती है ब्लड उसमें भर रहा होता है यहां तक ठीक है सो सिस्टली और डायस्टली कार्डिक साइकिल के दो अगर आप ओवरव्यू लें तो ये दो बड़े बड़े हिस्से हैं डायस्टली बेटे अगर रेस्टिंग हार्ट रेट है अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे आप आप एट रेस्ट हो और 72 बीट्स पर मिनट आपका हार्ट रेट है इस इस सिचुएशन में आपका जो हार्ट है वो टू थर्ड्स टाइम डायस्टली में रहेगा और वन थर्ड ऑफ द टाइम सिस्टली में रहेगा तो यानी दूसरा कहने का तरीका इसको यह है कि ज्यादा टाइम ये रेस्टिंग में या फिलिंग में इस्तेमाल करता है और कम टाइम ये कॉन्ट्रैक्शन या इजेक्शन में इस्तेमाल करता है ठीक है अब मैं वक्फा सवाल खोल रहा हूं अब आप मुझसे पूछने सवाल जो आपने कर रोल नंबर वाइस की जरूरत ही नहीं है टोटल फोर्टी बच्चे बैठे हैं जो सवाल आपने करना है आराम से आप मुझसे कर ये वैसे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर था इसमें फिर भी अगर कोई कोई सवाल सूल को करना है तो कर लो ओके सवाल नहीं है तो फिर हम आगे चलते ठीक है अब बेटे जो कार्टिक हाँ बेटे ये हम बात कर रहे हैं शाबाश ईमान बहुत अच्छा सवाल किया आपने हम जब बात करते हैं ना कॉडिक साइकिल की तो हमारा जो आ, आ, हमारा जो ज़्यादातर फोकस होता है वो वेंट्रिकल्स पे होता है बेटे ठीक है क्योंकि वेंट्रिकल्स वो जगह है जहां से ब्लड ने आगे जाना तो वेंट्रिकल की ही फिलिंग के बारे में हम हमारे हमारी सारा फोकस होता है और वेंट्रिकल की ही कॉन्ट्रेक्शन के बारे में हम, हमारी सारी फ़िक्र होती है ऐसे नोट क्या कर रहा है ये भी हम वेंट्रिकल पर रख के अब ज़्यादातर फोकस करेंगे एट्रिया भी जो है वो नायब हैं वेंट्रिकल्स के आपने इसको इस तरह से देखना एट्रिया में अपने हिसाब किताब हो रहे होते हैं एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जैसे हम थोड़ी देर में देखेंगे लेकिन जो मेन फोकस है वह वेंट्रिकल्स का ये बात क्लियर है दूसरी बात है अगर उसका टाइम डिवाइड करें अगर उसका टाइम डिवाइड करें तो ज्यादातर हार्ट ज्यादातर जो टाइम है वो हार्ड डायस्टली में गुजारेगा और उससे कम टाइम डायस्टली में गुजारेगा ठीक है आपने रियाजी में फ्रैक्शंस किए होंगे ठीक है ना तो वो एक कहने का तरीका है तीन हिस्से नहीं होते हार्ट के वो कहने का एक तरीका है कि टाइम अगर टाइम को तीन हिस्सों में डिवाइड करें तीन हिस्से टाइम के निकालें तो दो हिस्से डायस्टली एक हिस्सा अब आई बात समझ में बैठे जिस बच्चे ने अभी सवाल किया था समझ में आया नहीं ये हुए वाई सेवन को समझ में आया या नहीं आया हुआ वाई सेवन ने सवाल किया था हाँ इट्स अबाउट टाइम यस वेरी गुड अच्छा अब आगे चलते हैं अब बुनियादी मुद्दा ये है कि आपने वेंट्रिकल अच्छा वेंट्रिकल में भी ना हम राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल बेक वक्त पढ़ सकते हैं स्टडी कर सकते हैं लेकिन आसानी के लिए हम लेफ्ट वेंट्रिकल करते हैं ठीक है क्योंकि राइट वेंट्रिकल में भी वही इवेंट्स हो रहे होते हैं फर्क सिर्फ इतना है कि राइट वेंट्रिकल में प्रेशर्स ज़रा कम होंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़रा ज़्यादा होंगे क्यों क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है राइट वेंट्रिकल ने सिर्फ लंग्स में ब्लड डालना है ठीक है इवेंट्स बिल्कुल सेम हैं, प्रेशर सिर्फ डिफरेंट है तो अगर हमने कार्डिक साइकिल को अच्छी तरह पढ़ना है तो हम एक दोनों में से एक वेंट्रिकल को पकड़ के बैठ जाते हैं उसको रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं पढ़ने में आसानी से ठीक है पढ़ने की आसानी के लिए तो वो चूज़ यूजली किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ़्ट वेंट्रिकल जैसे मैंने आपको भी कहा उसने पूरी बॉडी को सप्लाई करना होता है एक बात और वो ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा प्रेशर उसको जनरेट करना पड़ता है ज़्यादा वॉलीम ज़्यादा प्रेशर जनरेट उसको करना पड़ता है तो उस सिलसिले में सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक होता है वो भी लेफ्ट साइड पे ही होता है ठीक है इसीलिए हम आज के लेक्चर में लेफ्ट वेंट्रिकल को फोकस बनाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल रख के सारी बात करेंगे ठीक है अच्छा अब मुद्दा यह है करना यह है कि लेफ्ट वेंट्रिकल आ, में पहले फिलिंग करानी है और जब वो फिल हो जाए तो उस पर कॉन्ट्रेक्शन करा देनी है ताकि ब्लड आगे चला जाए मोटी मोटी बात तो बेटे यही है कार्डिक साइकिल में वेंट्रिकल को फिल करना सबसे पहला हदफ होता है तो वेंट्रिकुलर डाइस्टली का जो मेन हदफ है मेन फोकस है वह है वेंट्रिकुलर फिलिंग ठीक है और ये टाइम्ड इवेंट्स हैं ठीक है पहले फिलिंग होगी पहले फिलिंग हो जाएगी फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस सीक्वेंस में होना चाहिए तो अब आपका दिमाग फौरन जाना चाहिए कि ये सीक्वेंस कौन लगाता है ये सीक्वेंस कहां से आता है आपको पता है इस बात का कार्डिक एम्पल्स हमने डिस्कस किया है डिटेल में कार्डिक एम्पल्स जब डिले होती है वी नोट पर वो डिले इसलिए होती है ताकि वेंट्रिकल पहले अच्छी तरह अपना काम कर ले भर ले और उसके बाद वो एवी नोट से गुजर के परकंजी सिस्टम को ट्रिगर करती है और बिल्कुल शाबाश मिसबा और वो सारे वेंट्रिकल्स को एक्टिवेट करेगी और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ठीक है बेटे इस जर्नल ओवरव्यू पे कोई सवाल अगर खुला करो सवाल कोई सवाल है तो कर? सर सर, ज़्यादा होगा। तो मिनिमम थोड़ी। बार-बार हो रहा है। हाँ बेटे, मुझे ना व्हाट्सएप याद करा देना और मैक्सिम ट्वेंटी लेकिन I, I राइट uh, साइड right हम बहुत ही कम डिस्कस करते हैं ज़्यादा हम लेफ्ट साइड ही डिस्कस करते हैं लेकिन आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है लेट मी कम बैक टू यू ऑन दैट जस्ट रिमाइंड मी ऑन व्हाट्सएप लेटर ऑन अभी नहीं अच्छा जी सर एक्सप्लेन बंडल ऑफ़ ऑफेज नहीं बेटे ये एक सेकंड आराम से अभी ठहर जाओ सवाल और ना करा मैं पहले पढ़ लूँ डिफरेंस बिटवीन एयरटेल कॉन्ट्रैक्शन एंड एयरटेल डी मैं भी बात करता हूँ uh, दूसरा सवाल है सर एक टाइम पे एक चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है बाकी सब रिलैक्स होते हैं हार्ट की ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन किससे कहेंगे ठीक है वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस बेटा जी पहली बात ये कि एट्रियल डीपोलराइजेशन कार्डिक इम्पल्स का काम है एट्रियल डीपोलराइज करती है कार्डिक इम्पल्स जो जिसे मैं इलेक्ट्रिकल इवेंट बार बार उस वीडियो में कह रहा हूँ सही है ये बात ठीक है और इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन ऑफ एनी मसल इज ए रिक्वायरमेंट फॉर इट्स कॉन्ट्रैक्शन ये बात आपने बिल्कुल क्लियरली समझ लेनी है समझने की कोई इसमें ज्यादा बात है नहीं मतलब ये एक मोटी सी बात है अगर आपने किसी भी मसल को स्केलेटल को स्मूथ को गार्डिक को अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो आपको उसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करना जरूरी है वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा ओके हाँ अगर आप उसको खींचें फिजिकल खींचने में भी, भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है लेकिन जो बॉडी का तरीका है अपना इंटरनल तरीका है वो है इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन कार्डिक so, इम्पल्स वो इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन करती है मसल की कार्डिक मसल की और फिर वो थोड़ी देर के बाद कॉन्ट्रैक्ट करता है ये बात क्लियर है अब आ गई बात जो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि ये बेक वक्त सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो नहीं बेटे ये ये नहीं होता ना और हमने डिस्कस भी किया है कि कार्डिक इंपल्स जो है अगर हमने ये बात कर दी अभी सवाल ना करना बेटे कोई ठीक है ना अभी सिर्फ यस सर और ओके सर करो अभी सवाल नहीं करना मैं क्योंकि पहले सवाल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये जरा थोड़ा बड़ा सवाल हमने जब बात की कि कार्डिक इम्पल्स ऐसे नोट से जनरेट होती है और वो आगे पहले एटिया को डीपोलराइज करती है थोड़ी देर के बाद एटिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे ही होगा ना फिर वो एवी नोट पर डिले होगी इससे कुछ हार्ड जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा होगा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके अभी रिलैक्स हो रहे होंगे तो तो होगा, होगा, होगा. आगे जाके उसको जब एक्टिवेट करेगा तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रिया रिलैक्स ठीक है मैं इसको एक और तरह से कहता हूं कार्डिकल्स की बुनियाद पर बेस की, की वजह से दोनों एट्रिया पहले पहले डीपोलराइज होंगे और फिर दोनों बैक वक्त कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर एवी वी नोट पर डिले करेगी अपने आप को डिले करवाएगी फिर वो आगे जाएगी और जब वह डीपोलराइज करेगी दोनों वेंट्रिकल्स को बैक वक्त साइमल्टेनियसली तो फिर वो थोड़ी देर के बाद साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिस दौरान एट्रिया रिलैक्सड कुछ नहीं कर बेटे अनीसा को बात समझ में आ गई है अनीसा रियास को जिसने बच्ची ने सवाल किया था उसको समझ आ गई है अनीसा रियास यस शाबाश बेटे अच्छा बायदे ये ऑटोमेटिकली अपलोड भी हो जाता है चैनल पे तो ये पूरा जो हमारी इस वक्त डिस्कशन है ये आप बाद में भी इसको देख सकते हैं ठीक है अच्छा इसलिए मैंने एक वजह यह भी है कि यूट्यूब मैंने चुना है क्योंकि इसमें फिर मुझे वो जूम से पहले सेव करना पड़ेगा फिर डालना पड़ेगा वो बड़ा मसला अच्छा अब हम अब हम आगे चलते हैं कोई सवाल अगर और नहीं हो तो हम आगे चलते हैं अब मैं आपको गिनवाऊंगा पहले अब हम बेटर डिटेल में जा रहे हैं वो जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने पहले लेफ्ट साइड ऑफ द अच्छा एक मिनट सवाल आया है सर वेंट्रिकल की कंसन की कंट्रैक्शन से क्या मतलब है कि ब्लड पलमरी आर्टरी या एटा में जा रहा है जी बेटा बेटा जी मेरा बेटा जब वो भर जाएगा और अब हम उसकी कंट्रैक्शन चाहेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे एक ऐसे बिल्कुल यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड को पुश करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करेगा एटा में राइट वेंट्रिकल पुश करेगा पलमरी आर्ट्री तो कॉन्ट्रैक्शन को अब आप सिस्टली बेटा कहना शुरू कर दें वेंट्रिकुलर सिस्टली कॉन्ट्रेक्शन सिस्टली एक ही बात है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी सीखे ना तो जो वेंट्रिकुलर सिस्टली है उसके दौरान ब्लड वेंट्रिकल में जो आपने भरा था पूरी मेहनत करके वो अब पुश होके के एोटा या पलमरी आर्ट्री में चला जाए ठीक है बेटे जोहा वेरी गुड अब हम आगे चलते हैं ठीक है अगर कोई सवाल है तो चलो मुझसे कर लो कर लो जो सवाल यानी अभी से ऑनवर्ड सवाल है वो मुझसे कर लो अगर करना है तो फिर मैं अब डिटेल में जा रहा हूँ कोई सवाल नहीं है मैं देखता हूँ मुझे लाइट चुभ रही है ये बेटा ठीक है कल आ, कोई आ, देखने में तो नहीं कोई मसला हुआ मैंने इसके पीछे एक लाइट मैंने लगाई हुई है वो मैंने बंद कर दी है वो मुझे बॉडर कर रही है आपके व्यूइंग में तो नहीं प्रॉब्लम कोई ओके ग्रेट जजाक थैंक यू बेटा ओके जी वो वो वो सर एट्रियल सिस्टली अकर राइट आफ्टर डायस्टेसिस ठहर जाओ लड़की ठहर जाओ कितना भाग रही हो तुम तो? मैं बताता हूँ अभी आपको सर बाई फोर वेन्स सप्लाई द लेफ्ट एट्रिया सर व्हाट इज प्रक सिस्टम अब ठहर जाओ मैं सवाल को जवाब देने लगाऊँ ठहर जाओ मैं वो डायस्टेसिस वाला सवाल नहीं बताऊँगा वो मैंने बाद में अभी डिस्कस करना है मैं एयरटेल सिस्टली वाला नहीं ये वाला मैं नहीं मैंने जवाब देना अभी वो मैं बाद में बताऊँगा बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे सर बाई फोर सप्लाई बेटे फोर वेनजी आ रही होती हैं एट्रिया में वो जिसने बनाया है एट्रिया उससे पूछ लेना ये इसका एनाटमी है ना बेटा इसका कोई जवाब नहीं है एनेटमी है ऐसा ही है वो काफ़ी होती हैं फोर वेन्स प्रकंजी सिस्टम मेरा बेटा जो कंडक्शन सिस्टम ये पहले लेक्चर की बातें हैं जो कंडक्शन सिस्टम है वेंट्रिकल का उसको प्रकंजी सिस्टम कहते हैं जैसे एट्रिया के एट्रिया का हमने क्या कहा था इंटर एट्रियल फाइबर्स कहा था जो उसको कंडक्शन सिस्टम है ठीक है फिर एवीनोड आ जाता है बीच में एवीनोड एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बॉर्डर पर होता है ठीक है तो जो कंडक्शन सिस्टम वेंट्रिकल्स uh, का है उसको हम सिस्टम कहते हैं इतना सा फर्क है हा इसमें बहुत नमाया फर्क ये है कि सिस्टम uh, बहुत फास्ट है फोर मीटर पर की रफ्तार से यहां पर रन करती है जबकि जो एट्रियल फाइबर्स हैं वो कम है वो स्लो है ये प्रकंजी सिस्टम वाली बात हुई है आपको समझ आती है जब मैं कहता हूं कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट क्या चीज है ये समझ आती है आपको सर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ब्लड में पंप कर देगा तो वेंट्रिकल उस टाइम पे किस स्टेट में होगा मैं बताता हूँ मेरे बेटे मैं बताता हूं। ये प्रकंजी सिस्टम वाले जो बेटी थी उस, उसका क्लियर हुआ है आपने सॉल्व किया था हाँ ठीक है प्रकंजी सिस्टम क्लियर हो गया अच्छा अब मैं सवाल पे आता हूँ जब बेटे वेंट्रिकल ये भी आगे का सवाल है लेकिन ओके मेरा भी जो है ना बीच में कभी वो टेम्परे डिस्कनेक्ट होता है तो मैं चुप कर जाता हूँ जब वेंट्रिकल आ, पंप करता है अच्छा मिस्टर हुआ ठहर जो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड आगे को फेंक देता है तो कुछ ब्लड उसके पीछे रह जाता है वो बिल्कुल स्क्वीज नहीं करता थोड़ा सा ब्लड उसके पीछे रह जाता है और वो फिर नेक्स्ट डायस्टली में चला जाता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले ये छोटे छोटे -चो, मोटे सवाल मैं क्लियर कर लूँ अच्छा प्रकन जी सर सर ए नोट पर इम्पल्स क्यों स्लो होती है मैं बताता हूं ऑप्शन पहले ये हुआवे वाई सेवन को मैं जवाब दे दूँ बेटा जी आप लगता है पहले लेक्चर में नहीं थे बैठे चलो मैं क्विकली बताता हूँ ऐसे नोट तो पता है ना क्या होता है इंटर एट्रियल पाथवेज निकलते हैं जो सारे पिछे सारे एट्रिया सारे एट्रिया तो जब ऐसे नोट डीपोल होता है तो इन इंटर एट्रियल पाथवेज के जरिए सारे एट्रिया को दोनों एट्रिया को दिया जाता है, ठीक है? ठीक और फिर उसकी एक शाख एक इंटर ऐसा भी होता है जो सीधा जा रहा होता है एवी नोड की तरफ तो वो एवी नोड को शराब कर देता है एवी नोट को एक्टिवेट कर देता है इम्पल्स वहां पहुंच जाती है ठीक है शाहबाजमी आपने उसका जवाब दे दिया शाहबाजा गुड लेकिन मैं उस पर आऊंगा अभी जब एवी नोड से गुजर रहा गुजर रही होती है तो उसको स्लो डाउन किया जाता है और फिर जब वो वेंट्रिकल्स में रिलीज़ होती है कार्डिक कैंपल्स तो अब वो किधर जाएगी वाईफाई तो नहीं ना लगा हुआ वेंट्रिकल्स में या ब्लूटूथ तो नहीं लगा हुआ तो वहाँ के कंडक्शन सिस्टम को वहाँ भी तारें बिछी हुई होती हैं पूरी रेलवे का ट्रैक मौजूद होता है बल्कि ज़बरदस्त होता है बल्कि बहुत ज़बरदस्त होता है ठीक है तो वो कार्डे कैम्पल्स अब उन कंडक्शन सिस्टम में जो वेंट्रिकल्स के अंदर बिछाए गए हैं उसमें चली जाती है वो जो कंडक्शन सिस्टम है उसको प्रकंजी सिस्टम कहते हैं बस उसका नाम एक दे दिया उन्होंने प्रकंजी सिस्टम ठीक है इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेना किताब से ये और आपको क्लैरिफाई हो जाएगा ठीक है अनैटमी वाले वैसे आपको कूट कूट के घोल घोल के पिलाएंगे ये बात कि इसको प्रकंजी सिस्टम कहते हैं ठीक है हाँ ए वी नोट पर क्यों स्लोइंग होती है ए वी नोट स्लोइंग होती है कि ए वी नोट गैप जंक्शन कम होते हैं वहां उसका डिजाइन ही ऐसा है कि हम उसको स्लो डाउन करें कोई बच्चा मुझे बताएगा कि हम जान बुझ के अपनी कार्डियम्पल जो इतनी मेहनत से तैयार किया है उसको स्लो डाउन क्यों करेंगे अभी मैं आपको टेस्ट कर रहा हूं कि आपको पुराना याद है मामला या नहीं याद किसको याद है एवी नोट पे हम क्यों स्लो डाउन करते हैं नो नो ये जमीरा पता क्योंकि सर एटी सेम टाइम हाँ शाह ताकि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जज्बात ही नहीं होना बिल्कुल सही है वेरी गुड तहरीम ने क्या लिखा है वेंटिकल्स फिल होने का टाइम वेरी गुड ताकि पहली बात ये दोनों दोनों चेंबर्स को दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स को दोनो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं करवाना ठीक है हमने वेंट्रिकल्स को टाइम देना है फिलिंग के लिए ठीक है तो एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करें और थोड़ी देर बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें इसीलिए एवी नोड नोट में हम डिले डालते हैं उसका डिले बहुत ज़रूरी है ठीक है सॉरी बैर लग गया हिल गया आगे चलें अब जरा थोड़ा डिटेल बोलें बात करें अच्छा अब मैं आपको बताऊंगा हमने ये तो बात कर ली कि भई डायस्टली में डायस्टली का मतलब है वेंट्रिकुलर डायस्टली मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ हाँ ठीक है बेटे वो हो गई बात हो गई अब हम आगे जा रहे हैं वेंट्रिकल डायस्टली और वेंट्रिकल सिस्टली अब ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा मैं क्यों बार बार इस पर इसरार करूँ ठीक है तो मैं बात करने लगा हूँ वेंट्रिकल डाइस्टली की जिसके दौरान वेंट्रिकल में ब्लड की फिलिंग होगी और फिलिंग क्यों जरूरी है जैसे मैंने बयान किया फिलिंग इसलिए जरूरी है कि यही तो काम है हार्ट का कि वो ब्लड को पंप करता है तो वो जो पंप करेगा रिसीव करेगा तो पंप करेगा ना तो वेंट्रिकल की फिलिंग के हिस्से को कहते हैं यहां तक ठीक है वेंट्रिकल डायस्टली के फर्दर तीन हिस्से ठीक है अब आपने इमेजिन करना है कि हमारे ये जो हार्ट है ये एक हार्ट है ये मेरे हाथ में है, ठीक है वहां एटा में डाल के फिर क्या करता है ये ये कर रहा है ये रिलैक्स पड़ा हुआ आराम से, चिल मार रहा, ठीक है आराम से चिल कर रहा है वेट, इजी हुआ हुआ अब क्या हो रहा है जो अब होगा ना इसमें वो मैं अब आपको बयान करने लगा वैसे मैंने वो सारी वीडियो में बड़ी मेहनत से वो सारा कवर किया है वो भी दोबारा देख लेना ठीक है अब बेटे इसकी डायस्टली हो गई है स्टार्ट क्योंकि लास्ट सिस्टली हो गई है ओवर सिस्टली के बाद डायस्टली होती है डायस्टली के बाद सिस्टली होती है फिर डायस्टली फिर सिस्टली फिर डायस्टली फिर सिस्टली इसी को कार्डिक साइकिल कहते हैं एक डायस्टली और एक सिस्टली का जो कॉम्बो है उसको एक कार्डिक साइकिल कहते हैं ठीक है और कार्डिक साइकिल डायस्टली से स्टार्ट होता है तो अब इसकी डायस्टली स्टार्ट है अब इसमें क्या होगा डायस्टली का जो मैंने कहा था तीन फेजे हैं पहला फेज क्या है रैपिड इनफ्लो वो मैं उस वाले लेक्चर में कहना भूल गया पहला स्टेज है रैपिड इनफ्लो ऑफ ब्लड ठीक है वो ब्लड कहाँ से आ रहा है भैया ब्लड वो जो चार वेन्स पलमरी वेंस, वेंस आई हैं उन्होंने एट्रिया में ब्लड जमा करके रखा हुआ था जब ये पिछली कार्डिक साइकिल की कॉन्ट्रेक्शन में मसरूफ था अब ये कॉन्ट्रेक्शन में जब मसरूफ था तो ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है ये रुकता नहीं है ये हर वक्त चलता रहता है तो जब ये भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब लेफ्ट एट्रिया जो था वो वेला नहीं था वो ब्लड रिसीव कर, करी जा रहा था और अपने अंदर स्टोर रख रहा था ताकि जब ये भाई साहब रिलैक्स करें और इनकी डायस्टली नई डायस्टली स्टार्ट हो नई डायस्टली स्टार्ट हो तो फिर मैं इसमें अपना स्टोर ब्लड भी डाल सकू ठीक है तो वेंट्रिकल डायस्टली का जो पहला हिस्सा है पहला फेज है वो है रैपिड इनफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ए ट्री मैं पॉज ले रहा हूं कोई सवाल है तो कर लो इससे रिलेटेड सवाल करना बेटे कोशिश करना इससे रिलेटेड सवाल करो। इससे आगे ना जाना इससे पीछे पीछे बात करो जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो अच्छा जी नो क्वेश्चन सर ठीक है जी ठीक है गुड ओके वेल डन नो क्वेश्चन से मैं ये मुराद लेता हूँ या तो आपको कुछ नहीं आता या आप समझ गए मुझे क्योंकि आपका पता है मैंने कि क्लासेस ली हुई हैं तो मुझे पता है कि आप लायक बच्चे हो माशाल्लाह तो आपको समझ आ गया हो ठीक है अब हम आगे चलते हैं तो बेटा जी रैपिड इन से मुराद अभी हमारा बेंटिकल रिलैक्स कर रहा था इसमें धड़ाधड़ ब्लड अंदर आना शुरू हो गया क्योंकि उसमें ठीक है बेटा तो उस क्योंकि उसमें वेंट्रिकल में एट्रिया में ब्लड जो है वो भरा पड़ा था तो वो जैसे ही वैल्व खुला लेफ्ट एवी वी वैल्व खुला वो धड़ाधड़ वेंट्रिकल में आना शुरू हो ठीक है अब वेंट्रिकल भरना शुरू हो गया से टैंकी नहीं फेल होती भरना शुरू हो थी. तो फिर एक फेज आता है एक छोटा फेज आता है इसको डायस्टेसिस कहते हैं डायस्टेसिस डायस्टेसिस में ये फ्लो जारी रहता है लेकिन जरा स्लो हो जाता है पहले शर्ट शर्ट शर्ट शर्ट छा होता है ये स्लो हो जाता है हो जाता है पीछे ब्लड कम हो, कम हो जाता है एट्रिया में ब्लड जो था वो पहले पहले जो था वो प्रेशर के अंडर था लेकिन जैसे ही उसने काफी खाली हो गया तो वो वहां से भी स्लो हो गया दूसरा ये कि ये जो पूरा चेंबर है ये अब काफी हद तक भर गया है ठीक है ना ये अब अपनी टॉप कैपेसिटी पे जा रहा है तकरीबन तकरीबन तो इसमें अब फर्दर पैसिवली ब्लड भरना आ, आसान नहीं तो वो फ्लो स्लो हो जाता है ठीक है तो सेकेंड कंपोनेंट या सेकेंड पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टिली इज डायस्टेसिस ठीक है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है अब आपने जो बात नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि इन दो प्रोसेसेस के नतीजे में वेंट्रिकल जो फिल होता है वो होता है तकरीबन 80 से 85 फीसद यानी दस से पंद्रह फीसद अभी उसमें गुंजाइश बाकी है ठीक है ठीक है आ, तो अब इसके लिए थोड़ी सी जबरदस्ती करने की जरूरत है ठीक है ये मैंने वो डब्बे वाली एग्जांपल दी थी बच्चों को बच्चे बड़े महसूस हुए थे वो जूस के डब्बे वाली एग्जांपल, वो आपको भी है कि जब आप सारा जूस पी लेते हो अब उस डब्बे की आपने जान निकालनी है मुझे थोड़ा बहुत लगा हुआ है उसको भी आपने निचोड़ निचोड़ के निकालना है।, है जी हाँ। शाबाश तो अब अब आप आप क्या करेंगे अब आप एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे अब जरूरत पड़ेगी आपको जरा जबरदस्ती जब करने की जरूरत है अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आप जानते हैं कि एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एटरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एट्रिया ट करते हैं एट्रियल एट्रियल सिस्टम. जी बिल्कुल बेटे और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब ऐसे नोट से की जो कार्डियक कैंपल्स है वो उनको डीपोलराइज करती है ये साथ साथ आपने कवर करना ये बात नहीं भूलनी. तो आप टाइमिंग अब टाइमिंग चेक करें कि जब एट्रिया हाँ उस जरूरत ही नहीं है आपको उस वक्त आ, वो जो रेपिड इनफ्लो है और डायस्टिस है उससे मामला हल हो रहा है ठीक है लेकिन ये अब अल्लाह की कुदरत आप देखो कैसी है कि वो उस टाइम पे हर चीज की टाइमिंग देखो कितनी जबरदस्त है उस टाइम पे उसने डीपोलराइज़ करना है जिस टाइम पे एट्रियल सिस्टली की जरूरत है वेंट्रिकुलर को ये मैंने जान बूझ के कंफ्यूजिंग जुमला बोला है ताकि आपको आपने अपने आप को टेस्ट कर सको ये जुमला समझ में आया है। वेंट्रिकुलर डायस्टली को एट्रियल सिस्टली की जरूरत पड़ती है जब आखिरी 10 से 15 फीसद ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में पुश करना पड़ता है अब हा हो गई बात चलो चलो अब वेंट्रिकुलर डाइस्टली हमने कवर कर लिया ठीक है अब बेटे अजान हो रही है तो अजान सुन लेते हैं रिपीट कर लेते हैं ठीक है थोड़ा सा पॉज लेते हैं चलें वेलकम बैक अच्छा हम आ, क्या डिस्कस कर रहे थे हम बात हमने कार्डिक ये वेंटिकल डायस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली थी ठीक है बेटा वेंटिकल डाइस्ट्री से मुतल कोई सवाल है तो करो। कि मैंने वो वैल्स की बात करनी है वो थोड़ी सी आ, डिटेल है तो वो हमने अब थोड़ा सा उसमें आगे जाना ठीक है चले कवर्ड है ओके अब एक्सक्यूज एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो जस्ट स्लो फिलिंग इज इन यस, पहले बिट इज फास्ट फिलिंग पहले फ्लो फास्ट uh, फिलिंग uh, या रैपिड uh, फिलिंग जैसे भी आप इसको याद करना, कर लो रैपिड फिलिंग है नंबर वन नंबर टू डायस्ट्रेसिस है नंबर थ्री एट्रील सिस्टली ठीक है ये वेंट्रिकल के तीन स्टेजेस ले, याद रखनी है खुला हुआ था तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम एटीएम सेल में आया ना ठीक है अब जब वेंट्रिकल हो गया फिल तो आपको इस तरह से समझो के वो जो इंपल्स थी जिसने कार्डियक सिस्टली करा पहले डिपोलराइज कराया वो एयल सिस्टली हो गई अब वो एबी बी नोट से गुजर रही है जब इम्पल्स एबी बी नोट से गुजरती है तब हार्ट में कोई चीज भी आ, छेड़ी नहीं जा रही होती आप समझे वो सुरंग में से गुजर रही है अंडरग्राउंड सुरंग में से वो इलेक्ट्रिकली किसी चीज को नहीं छेड़ सकती आप उसको इस तरह समझ ठीक है ए बी से जब कार्डिक इंपल्स गुजर रही होती है तो वो किसी चीज को डीपोलराइज या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकती सॉरी, ठीक है? हां तो वेंट्रिकल जब फिल हो जाता है वो एवी नोट से गुजर के बस अब आना ही चाहती है परकंजी सिस्टम पे। को एंटर ही होना होने वाली होती यह भी टाइमिंग देखो कितनी कमाल की सेट हुई बेटे मैं रिकनेक्ट हुआ हूं पता नहीं वो जुमला गया नहीं गया मैं रिपीट कर देता हूं कि जब वेंट्रिकल फिल हो जाते हैं डायस्टी में उसके उसके बिल्कुल उस वक्त वेंट कार्डिक इम्पल्स आती है वेंट्रिकल्स में यहां तक ठीक है यहां तक ठीक है बेटे ओके फाइन सो so, ये वही तीन चार बच्चे में से जवाब देते हैं बाकी फोर्टी सिक्स हैं वक्त आई होप के बाकी सुन रहे हैं ठीक है राइट सो जैसे कार्डिक इम्पल्स अब वेंट्रिकल्स में एंटर होती है वो क्या करेगी वो वही करेगी जो उसने एट्रिया में किया है वो डिपोलराइज कर देगी वो सारे वेंट्रिकल्स को डीपोलराइज एक साथ करेगी बैक वक्त करेगी और थोड़ी देर के बाद वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे ठीक है बिल्कुल वही चीज जो उसने एट्रिया में की थी वही चीज वो वेंट्रिकल्स में करेगी ठीक है अब वेंट्रिकल्स में क्या होगा लिसन अप गौर से सुनो। वेंट्रिकल सर उस वक्त आती है तो उसी वक्त डीपोलराइज होगी हाँ बेटे जब आया कि डीपोलराइज करेगी तब वो डीपोलराइज होती है। वेंट्रिकल फिलिंग के दौरान एट्रिया कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक दफा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि वेंट्रिकल भी एक ही दफा फिल होगा हम बेटे एक कार्डिक साइकिल की बात कर रहे हैं सवाल अच्छा है वैसे आपको एक कार्डिक साइकिल की बात हो रही है तो एक साइकिल में कार्डिकलिंग होगी दफा होगा हो और एक ही दफा एल सिस्टली होगी एक ही दफा करेगा डायस्टली में जाता है और फिर सिस्टली में जाता है और फिर दूसरा कार्डिक जाता है ठीक है one, yes. one तरतीब पहले डिस्टली आएगी ना वन डायस्टली एंड वन सिस्टली ठीक है अच्छा जी अब जनाब अलीटली करवा देते हैं सिस्टली में वेंट्रिकल चला गया अब जो वेंट्रिकल सिस्टली है उसके भी तीन हिस्से हैं आप कहेंगे ये तो आज सर कोई बात इसलिए इसको हमने दो तीन में तोड़ा है अब ये कल भी चलेगा निकम्मे हैं पता नहीं वो किधर चले गए अभी वो आके कल आके क्यों चू करेंगे कि जी हमें ये बनाए ये बताएं वो बताएं कल भी हम यही डिस्कस कर रहे होंगे उसमें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आपको और इन्फॉर्मेशन एंड में दूंगा ठीक है कल मैं आपसे ज्यादातर सवाल करूंगा आपने जवाब आते हैं आज मैं आपसे फिर भी बातें कर रहा हूं कल मैंने सिर्फ जवाब सुना अच्छा वेंट्रिकल जब सिस्टली में जाएगा तो आपने अब गौर से एक बात सुननी वेंट्रिकल बहुत बेटे थिक मसल है वेंट्रिकल एक बहुत थिक मसल है एट्रिया बहुत पतला मसल है वेंट्रिकल बहुत थिक है मोटा मसल है। वेंट्रिकल फौरन एक साथ इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता आप यह में पढ़ेंगे कि वेंट्रिकल की जो मसल की वॉल है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है आपने एंडोकार्डियम एपिकार्डियम सुना होगा तो उसकी यानी बाकायदा परते हैं लेयर्स है इतना मोटा है ठीक है वो एक साथ सारा कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता वो बतदरीज कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा चढ़ता है ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके तो ये वेंट्रिकलर कर कर तो ये ऐसे कॉन्ट्रेक्ट करेगा रिकनेक्ट बड़े क्रुशल वक्त पे होता है तो ये वेंट्रिकल अगर है ना और यह उसकी एपेक्स है ये देखो ये मेरी उंगलियां एपेक्स है तो ये ऐसे अंदर आता है ऐसे धड़कता है तो अच्छा लो ठीक है क्या बात हो रही थी कॉन्ट्रेक्शन की बात हो तो कॉन्ट्रैक्शन में बदतरीज इंक्रीज होती है इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रेक्शन शुरू हो चुकी है भी नहीं लेकिन वो मोटी तय है ना तो वो आता आता आता बेटा किस तरह ठीक करूं मैं क्या करूं मैं कैमरे <laughs> के अंदर घुस जाऊ कैमरा ठीक ठीक है हाथ ही आने मेरे फेस और हाथ आने ठीक अच्छा मेरा बेटा तो ये बतद्रीज हमने इसको बढ़ाना अब बतद्रीज सर आपका हाफ फेस आ रहा है बेटा मैं मेरा बिल्कुल हाफ फेस नहीं रहा मेरा ये ही फेस है हैं? ये ठीक है उसको वेलकम बैक मैं डिस्कनेक्ट हो गया था समा मैंने एक ओबारे एग्जांपल दी थी वीडियो में ठीक है आ, तो मैं उसको एक और तरह से मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं कि जब अब ये वेंट्रिकल अगर है अगर मिसाल के तौर पर ये वेंट्रिकल ठीक है ये ऊपर से ये ऊपर वो सेप्टम है यहाँ पे करके ए वी है और ये एट्रियम, ये हमारा वेंट्रिकल है ठीक है अब बेटे ये ना ये देख ये अब अब ये ढीला पड़ा हुआ है ऐसे करके अब गौर से देखते जाओ मेरे हाथ को देखो गौर से यह भी ढीला पड़ा हुआ है, इसमें पूरा आपने ब्लड भर भूर दिया है अब आपने सी कॉन्ट्रेक्शन शुरू करनी है ठीक है अब ये पहले थोड़ा सख्त हो यह पहले ढीला था सख्त हो ये अंदर नहीं आया अभी अंदर नहीं आया अभी सिर्फ इसकी वॉल्स जो ढीली पड़ी हुई थी वो सख्त होंगे ऐसे करके फिर यह ऐसा आता अंदर आएगा ये बात देख ली आपने तो पहले वॉल्स टाइट हो जाती हैं, टॉट हो जाती हैं, ठीक है अब गौर से बात से सुनो जब टेंशन वॉल्स में बढ़ती है और ये सीधा होता है और ये टाइट होता है तो अंदरूनी प्रेशर है अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता है जाहिर है, एक वॉल डेली पड़ी हुई थी और आप इसको टाइट किया और वो स्क्वीज भी हल्का सा कर रही है फॉरन वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा जैसे ये बढ़ेगा लेफ्ट एवी वेल्व जो इस वेंट्रिकल के अंदर ही खुला हुआ होता है वह फॉरन ऐसे करके बंद हो जाए ये बात मैंने बोर्ड पे समझा दी थी उस वक्त ठीक है वो आपको उसको रेफर करें ठीक है मेरे पास इधर बोर्ड नहीं है ए भी वेंट्रिकल के अंदर ही ऐसे करके खुले हुए होते हैं हाँ बिल्कुल तो जैसे ही वेंट्रिकल जिसके अंदर वो ऐसे करके खुले हुए हैं जैसे ये सख्त होके उनको जरा प्रेशर प्रेस, प्रेस करता है तो ये वैल्व ऐसे करके करके बंद हो जाते हैं ठीक है थीके? जब भी बंद होते हैं तो पहली हार्ड साउंड आ जाती है आपको फर्स्ट हार्ड साउंड प्रोड्यूस होती है ए बी वैल्व के बंद होने की वजह से ठीक है और इस तरह की कॉन्ट्रेक्शन को हम कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन अब टाइम आपका हो गया नहीं तीन मिनट रह गए ठीक है एक मिनट रह गया मेरी तीनों घड़ियों में मुख्तलिफ टाइम है एक दो मिनट रह गए फिर हम कल यहीं से करेंगे ठीक है तो ये जो आ, मैंने आपसे कहा है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ठीक है बेटा एक मिनट मुझे अच्छा सर जब एवी वैल्व बंद होगा तो उस वक्त एल्व खुला होगा या फिलहाल बंद बेटा एल्व का हमने क्योंकि जिक्र ही नहीं ना किया इसलिए नहीं किया कि वो बंद है वो लास्ट स्टडी जब ओवर हुई थी ना और हम नई डायस्टडी करना शुरू किया था हमने वो उस वक्त का बेचारा बंद है उसको अब बंद ही रहने दें बिल्कुल ये फॉर की बात सुनो जमीरा की बात सुनो ठीक है एयोटिक वेल्व क्लोज एयोटिक वेल्व का हमने कोई अभी जिक्र नहीं करना अभी हम एवी वेल्व के साथ खेल रहे हैं एवी को पहले हमने खोला ब्लड अंदर लाए हम अब जय अच्छा अभी लास्ट बात में करने लगा हूं यहां से हम कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन क्यों कहते हैं इसको आइसो वॉल्यूमेट्रिक आइसो शॉप शॉप गुड आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल जैसे एकरा ने लिखा नो चेंज इन वॉल्यूम बट प्रेशर इंक्रीज आइसो का मतलब सेम वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन हो रही है यानी एक ऐसी मजेदार किस्म की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा ये बिल्कुल गुब्बारे वाली एग्जाम्पल जो है मैंने आपको दी थी कि एक फुल गुब्बारा है उसको आप एक जगह से दबाना शुरू कर दें लेकिन उसके ऊपर मुंह आपने उसको अच्छी तरह टाइट किया हुआ तो इस बेचारा क्यों क्योंकि ये फुल हुआ हुआ है और आपने इसको एक जगवीज करना शुरू कर दिया तो वो क्या करेगा वो इस प्रेशर को जो आप मजीद डाल रहे हो उसके ऊपर वो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा दाए करेगा या फट जाएगा ऐसा ही होगा ना गुब्बारे के साथ तो एक वेंट्रिकल जो ब्लड से भरा हुआ है और उसकी वॉल अब टेंस होना शुरू हो गई है टाइट होना शुरू हो गई है और वो अंदर आ, आने आना ही चाहता है ठीक है वो क्या करेगा कि फौरन वो जो बेचारे दो गरीब वैल वैसे करके लटके हुए थे उठक करके बंद हो जाएंगे ऐसे करके, और ये चेंगे तो नहीं बंद हुआ, हुआ है एवी वैल्व भी बंद हो गया अब चेंबर सील हो गया बंद हो गया हर लिहाज से ठीक है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है तो कोई वॉल्यूम कहीं से ब्लड निकल तो रहा नहीं है ना आ रहा है ना जा रहा है वॉल्यूम फंस गया ट्रैप हो गया लेकिन प्रेशर ऊपर जाई जा रहा है और हम ये जानबूझ के कर रहे हैं कि हम कल बात करेंगे हम क्यों कर रहे हैं ये ठीक है इस फेज को आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं तो हमने आज डिस्कस किया बेटे हमने जनरल ओवरव्यू कर लिया हमें रिकैप कर रहा हूं हमने कार्डिक साइकिल डिफाइन किया हमने कार्डिक साइकिल के दो मेन बेटा है क्यों नहीं शो हो रही मेरी तो शो हो रही है ठीक है अगेन जो बातें मिस हो गई हैं मैं ये भी ये ये ऑटोमेटिकली इसको अपलोड कर देगा मेरे चैनल पे तो आप उसको देख लेना ठीक है मेरा बेटा आ, मैं कह रहा था कि हमने कार्डिक साइकिल को डिफाइन किया बातें की डायस्टली दा, सिस्टली फिर हमने उसकी टाइमिंग्स बताई टू, टू थर्ड टाइम डायस्टी होता है वन थर्ड हाँ हाँ दुआइए कल कल बात करना बच्चे क्या कहते हैं उसको सिस्टली में वन थर्ड टाइम वो गुजारता है उसको हमने थोड़ी सी डिटेल की जी वेंट्रिकल डायस्टली के बारे में हमने आज एक शहर हासिल गुफ्तु की है हमने साथ ऐसे नोट भी लगा लिया बीच में कि जी वो उसका क्या क्या होता है वगैरह वगैरह सारा कुछ हो गया और वेंट्रिकल डाय... वेंट्रिकल सिस्टली का हमने पहला हिस्सा किया ठीक है दूसरा हिस्सा इसका इजेक्शन कहलाता है और तीसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा इसका आइसोबोमेट्रिक रिलैक्सेशन कहलाता है ये बेटे हम कल करेंगे ठीक है कोशिश करें बल्कि लाजिम है कल आप पूरे बारह बजे से भी पहले आप यहां पे मौजूद हो ताकि जैसे ही ये लाइव हो आप मौजूद हो और आपकी रोल कॉल वगैरह भी हो जाए और सारे मामलों हो जाए तो आप सी है इस वक्त सी है ए वी वेल्व बंद होगा और रोटेक वेल्व ही बंद होगा यस अच्छा ये आपस में बातें बाद में कर लेना पहले मुझे सी आर प्लीज पहले वेव करे सी सीयर ऑफ क्लास, इट्स मी तहरीन तहरीन मेरा बेटा आप रोल कॉल ले लें मेरे सामने रोल कॉल लें हर बच्चा अब आपको ना एक एक करके आपको वैसे पता है इन बच्चों का मुझे नहीं ना पता तो एक एक करके रोल कॉल ले लें इनका रोल नंबर लिखें और मुझे WhatsApp कर दें शाम सर फोर्टी सेवन मेरे सिस्टम पर शो हो रहे हैं ठीक है तो होने चाहिए बच्चे आपको आपके अलावा 46 आराम आराम से करो बेचारी उसने लिखना नोट डाउन भी करना होगा वैसे तो मेरा ख्याल है ये कमेंट्स भी आ, आ, आ, फिक्स हो जाते हैं आ जाते हैं ये इसका मन वीडियो का ऐसा ही होता है लेट्स सी लेकिन रोबोट तो नहीं है ना बेचारी चल हो गया बेटे अच्छा नहीं अभी है ओके okay, बेटा चलो इनशाला फिर कल कल मिलेंगे ठीक है टाइम पे आ जाना और बाकी निकम्बों को ना उनसे कहना कि आपने क्यों मि मिस कर दिया हाँ चलो ओके अल्लाह ओकेकुम